याद आती है सीने में तड़पता है दिल जान जाती है सोनी ये तेरी याद आती है सीने में तड़पता है दिल जान जाती है।